अगर जिंदगी में आप तरक्की करना चाहते हैं तो बहरे हो जाओ क्योंकि कुछ लोगों की बातें तुम्हें कमजोर कर देगी लोगों का क्या है वो तो जमीन पर बैठकर चांद पर दाग की तोहमद लगा देते हैं